मैंने तो धीरे से नींदों के दागों से बाधा है खाब को तेरे मैं ना जहा चाहू ना सु में तुम मेरे तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी तू ढंग जा तो का मैं जैसे कोई ना दानी